स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे बिल्कुल नए शो क्योंकि तो आपने क्लिक किया है इस वीडियो पर तो आपको पता होगा ट्रेलर का हालांकि काफी देर हो गई मगर हम लेट लतीत लोग कभी भी जागते हैं और कभी भी सवेरा हो जाता है तो आइए हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए है इस ट्रेलर को हम साथ में देखेंगे क्योंकि अकेले तुम्हें बहुत तो शुक्रिया भाई नहीं शुक्रिया की वो आना कैसे वो बताइए बस आपने हमें इन्वाइट किया गया कि अटल की वीडियो साथ में तो जो उनका बेसिकली जी मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत बहुत बार देखी है uh, कितनी है? सारी की सारी। कौन सी मैंने लास्ट मूवी एंडी आ गई क्यों ऐसा क्यों मैंने देखा लेकिन उसको मैं उस दर्जे की मार्बल मूवी नहीं मानता हूँ क्या कह रहा Venom भी उस तरीके नहीं है उसके बावजूद की मूवी देखने आगे तो कोई बात नहीं हम इन्हेंगे सस्ते में इसके लिए ले ही तो आइए शुरू करते है लेट्स बिगे तो टेलर आप लगाना चाहेंगे हम देखना भी चाहेंगे हम मोबाइल पे रहेंगे आपको स्क्रीन पे दिख लगा टैनस कर लो क्या सर्च कर रहा है टैनस 5 years ago Thanos erased <laughs> <The> universe और उसके नेवर दयाला आदिवा पेली थानोस नेGamma वाली निकाली निकाली करना है मते पार्टी और सब वापस आ गए का है में में में में या किसी किसी और इतिहास भी दखल देने से मना किया कहना चाहते हैं तीन मनुष्य आएगा ऐसा तो को ये, ये बिना है। जो आजकल अपडेट हो गया हटा चुका है शर्म आती है छठी मस्त तो तो देख के क्या समझ कुछ समझ समझ समझ आया आया आया कुछ कुछ इतना खास इनका देखनी। समझ से से यानी अगर बहुत लोगों को तो में ही नहीं आया होगा लेकिन देखा जाए तो ठीक है मेन मजा मूवी में, में आ आ कुछ ज्यादा खास इन्होंने वैसे फाइट्स और कुछ ऐसे डायलॉग्स दिखे नहीं हमें ट्रेलर में जो हमने मार्वल की पहले के ट्रेलर में देखे जो मूवी देखने के लिए मैं उत्साह करती है हमें देखने की जानने की एक चाह होती है क्या क्या होगा मूवी में ऐसा कुछ सस्पेंस उन्होंने छोड़े नहीं है इसमें नहीं तो मुझे क्या लगता है ये एकदम न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है तो पिछली बार जो पिछले फैन है वो लोग शायद पिछले सुपर हीरो से कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए इसलिए उन्हें ये पिक्चर में शायद इनसे जुड़ने कनेक्ट होने में टाइम लगेगा ये बात भी हो सकती है क्या मार्वल्स में कुछ नया सोचा हो क्या पुराने तो चुके तो कुछ नए हिरोज को लाके इंट्रोड्यूस किया जाए इंट्रोड्यूस तो हो तो हो ही रहे हो, तो सही है अब अगर वो पुराने उससे स्टोरी को कनेक्ट करते तो हो सकता बहुत से लोगों को पुरानी स्टोरी वापस देखनी रहती और ये पहला पार्ट होगा यहाँ से एक नई स्टोरी चालू कर दी हो मार्वल्स देखने के बाद ही पता चलेगा समझ में आता नहीं है जी अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा की सबसे बड़ी हिट मूवी होगी क्या वही जो नॉर्मली चली जाएगी अब ये तो हमें ऑडियंस ही क्या ये सेंची है जी, सेंची। सेंची है? जी की फ्लॉप हो जाएगी या फिर एंड गेम की तरह लोगों के जहनों में रहेगी एंड गेम या फिर आई एम एन की तरह छाप जो बोलते है ना और क्योंकि बहुत टाइम बात अभी जैसे आप जानते हो बंद है नहीं। नहीं। बहुत टाइम बाद मार्वल की मूवी आ रही है तो लोगों में एक अलग उत्साह होता है मार्वल को समझ लीजिए कि एक तरह से दिवाली का जो सेलिब्रेशन है वो दुगना करना चाहेंगे लेकिन अब ये मूवी किस तरह की है ये देखने के बाद चलेगा दिवाली की खुशियों को डबल करती है या फिर लोग निराश थियेटर से बाहर निकलेंगे तो कहानी तो कुछ इस तरह है की जहाँ तक मैंने पढ़ा हो टेलर देख के मुझे समझ में नहीं आया बट कहानी जहाँ तक मैंने पढ़ा ऐसा मालूम पड़ता है अटरवल्स जो है वो सात हजार साल पहले इस धरती पे आए थे और सेलेस्टियल के द्वारा इन्हें बनाया गया था और से इन्होंने पंगा क्यों नहीं लिया इसका जवाब लोग अक्सर पूछ रहे हैं तो आपको क्या लगता है से पंगा क्यों नहीं लिया हमारे हालांकि बहुत ज्यादा ताकतवर है एवेंजर्स से भी ज्यादा एवेंजर की जगह ये लड़ते तो थेनोस जल्दी खत्म हो जाता मुझे ऐसा लगता है तो फिर वो तीन घंटे की पिक्चर नहीं बन पाती शायद इसके लिए उन्होंने सही है, ऐसा करता है ऐसा करता बट तो हमारे गैस ने ले ली हमसे विदाई और मार्गल की न्यू मूवी आई तो आप जरूर देखने जाइएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी आपको मूवी और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं अगर आने टाने टाइम में कोई अच्छी ट्रेलर आए तो हम जरूर रिव्यू करेंगे कैसा लगा रिव्यू बताइएगा क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है तो ज्यादा गुस्सा मा जिताइएगा